सबका मिलकर बंदा करे ताकि एक संदेश जाए जिन सभी जातियों ने मिलकर धंधा इकट्ठा किया जिनका निजी नुकसान हुआ है जिनकी जान क्या रही है उनके लिए आप सभी आपकी चाहता हूँ बातों पर अगर सहमत है तो आठ उठाए इन दोनों बातों के लिए धन्यवाद कोई तो भाई किसी अगर बोलना चाहे तो हमारे साथ हेलो हेलो hmm. बहुत ही आदर मेहमान सम्मान के मेरे बिना तुल्ले बुजुर्गो नौजवान साथियों भाई मेरा नाम कह सकतेदार गाँव गिर आज ये जो सभा बुलाई गई है भाईचारे को कायम करने के लिए बुलाई गई है बस ये जो बिरादरी शब्द आया जिन भाइयों ने जिस शख्स ने बिरादरी शब्द का मतलब नहीं पता उसने भाई वो शब्द इस्तेमाल ले करना चाहिए बिरादरी का मतलब वो है भाई समाज को बढ़ावा देना समाज तो में का विकास करना सबने मिलजुल रहना इसमें कितना तरह ले रखा भाई कुछ भी जाति में अच्छे सब आदमियों हैं और कुछ हर जाति में हर तरह के आदमी पड़ता है केवल किसे जाति का हो तो सरकार ने बताया कि मैं जाता ने आंदोलन करा इसमें लूटपाट हुई वही सबसे ज्यादा नैसिक मेरे ख्याल से में रुकवा रखा था और किसी गांव की कोई घटना नहीं है शायद ये कहीं कोई लूटपाट हुई हो ये जो लूटपाट की घटनाएं हुई है ये भाई शहर में ज्यादा हुई है और उसमें एक जाति को बदनाम करना गलत है भाई अगर जातों दा, के मन में कोई लूटपाट का इरादा होता तो गांव में सबसे ज्यादा घटना होती हमें अपने भाईचारा को बनाए रखना है छत्तीसगढ़ी को एक रहना है धन्यवाद